मेन है बना मुड़ खाली पकड़ो पकड़ो पकड़ो खाली पकड़ो मेन टेक्स्ट असली डिग्री समझ गए पकड़ो तेरी मार चक चल दो पांव वाला पीछे मुड़ मुड़ लियागो मुड़ लियागो मुड़ लियागो मुड़ लियागो मुड़ लियागो मुड़ लियागो मुड़ लियागो गोल गोल गोल अगेन देना चेंजिंग मार चक चल लेफ्ट राइट दाहिने मुड़ खाली दाहिने पट खाली दाहिने पट खाली दाहिने पट खाली दाहिने पट खाली नहीं नहीं जोश नहीं आ गया थक थक मेरे को लग रहा है। प्रॉपर के प्र, प्र, साथ पैक पैक पैक चार बार करूंगा कट कदम बदलना आप 嘿狗嘿狗嘿狗嘿狗嘿狗